एनटीपीसी टी सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नायकों को नमन किया गया एनटीपीसी टी सिंगरौली के कार्यकारी निदेशक वसुराज गोस्वामी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी इस मौके पर सीआईएसएफ जवानों ने मनमोहक परेड की प्रस्तुति दी एनटीपीसी टी सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन शक्ति सोनभद्र में गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एन टी के कार्यकारी निदेशक बासु गोस्वामी ने ध्वज फहराया एवं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी इसके उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया जिसमें परिसर स्थित विद्यालय के बच्चे सम्मिलित हुए एवं सभी ने सी आई एस एफ जवानों के साथ कदम ताल कर मनमोहक परेड की प्रस्तुति दी परियोजना प्रमुख वासुराज गोस्वामी ने राष्ट्र को नमन करते हुए देश की आजादी में राष्ट्र के नायकों के अतुलनीय योगदान से प्रेरणा ग्रहण करते हुए उपस्थित जनों से आग्रह किया कि वे राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें उन्होंने एनटीपीसी कर्मी सहित आम जन को सिंगरौली परियोजना में समर्थक सहयोग एवं समर्पित भाव ऐसी ऊर्जा उत्पादन में महती योगदान प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया You all a very happy Republic Day 2023. I wish to congratulate all of you on this great occasion of 74th Republic Day, January 26. It carries a great significance for our country. We celebrate this every year to remember the day when the Constitution of India came into effect after India gained independence. This day reminds us of our freedom struggle and how the great freedom fighter of our country sacrificed their life to get us the full freedom. Because of NTPC performance, our great organization NTPC has also played a pivotal role in nation's development. Our NTPC, as on well today, has got an installed capacity of 70 1544. Starting this journey of generation in 1982 from मुख्य अतिथि गोस्वामी ने राष्ट्रीय पर्व की महत्व को रेखांकित किया और एन टी पी सी की उपलब्धियों ऐसी सभी उपस्थित जनों को अवगत कराया बाल भवन टाइनी डॉर्ज स्कूल डॉक्टर अम्बेडकर विवेका स्कूल विवेकानंद स्कूल और सेंट जोसेफ के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई एवं सीआईएसएफ जवानों द्वारा सुरक्षा संबंधी विभिन्न उत्कृष्ट प्रदर्शन से उपस्थित जनों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर परियोजना में कार्यरत कर्मठ कर्मचारी सीआईएसएफ कर्मी सहयोगी जनों को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के कर कमलों द्वारा प्रस्तुत किया गया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है